जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना <laughs> गा के बताता हूँ पहले पहले तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है धड़का धड़का है।